बसमिल रुमान अकैडमी डॉट काम की तरफ से अपनी वीडियो के साथ हाजिर हूँ इन शाला इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग किस तरह आप किसी क्लाइंट के लिए सी वी बनाकर उससे अर्निंग इस्टार्ट कर सकते हैं जी हाँ है, बिल्कुल बहुत ही छोटी स्किल है बहुत ही शार्ट ट्रिक है ये यह आपको कम्प्यूटर के मतलब नहीं पता ठीक है आप आपसे मैं एक वेबसाइट शेयर करूँगा आप उस पर जाएँ और तो थोड़ी बहुत एडिटिंग कर, कर आप बहुत अच्छी सी वी पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए बहुत अच्छी सी वी बना सकते हैं जी हाँ इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके तो यहाँ मैं सर्च करता हूँ पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस साइड पर कितने सर्विस है और कितने लोग यहाँ अर्निंग कर रहे हैं कमा रहे हैं इस पर टोटल हैं तीन हज़ार आठ सौ सर्वर अवेलेबल हैं ठीक है या मैं कुछ दिखा देता हूँ ये भाईजान दो सौ उनतीस आर्डर कम्प्लीट कर चुके हैं इसके पास साठ हैं ठीक है इसी तरह इसके पास सात सौ ग्यारह हैं दो सौ पचपन आर्डर इसके पास वन के प्लस हैं ठीक है ये काम क्या है सिर्फ एक सीवी है या किसी का पोर्टफल है और मुक्तली डिज़ाइन में मुख्तलिस फ़ोन यूज़ करके इन्होंने इन ठीक है ये आप देख सकते हैं सबके पास कुछ ना कुछ चार्टर हैं और इस साइड पे मज़े की बात ये है कि इस पर सर्वर बहुत कम है और इसमें आप पंगा ले सकते हैं ऑनलाइन देखते हैं कि इस टाइम ऑनलाइन कितने है। न, हैं ऑनलाइन सिर्फ़ दो सौ दो सौ ठीक है इसके बाद आप लोगों ने ये रिज्यूम डिज़ाइन या सीवी किस तरह करिएट करनी है तो हमारे पास एक साइड है कूल फ्री सीवी कूल फ्री सीवी में आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा स्क्रूल करें तो नीचे देख सकते हैं कि कंप्लीट उन्होंने फ़ॉन्ट डिज़ाइन हर चीज़ डिटेल से दी हुई है जिस चीज़ में आपको चाहिए जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं या हम मज़ीद कुछ और चूज़ करते हैं जैसा कि सी बिल्डर पीडीएफ पीडीएफ में भी सी आपको मिल जाएगी ये आप देखते से देख सकते हैं फ्री में है जो भी स्टूडेंट नहीं हुए हैं या जिन्होंने जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं या जिनको सी की ज़रूरत है तो उनके लिए मेरा यही मशूर है कि आप लोग यहाँ से अपनी सी बनाएं बहुत ही अच्छी सी वी यूज़ करें ठीक है उसके बाद रिज्यूम टैबलेट यहाँ देख सकते हैं ये बहुत ही शार्ट शार्ट ट्रिक्स हैं जिससे आप फेवर से हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं वो भी आसानी से कमा सकते हैं हर चीज़ बनी बनाई है, सिर्फ आपको थोड़ा सा थोड़ा सा इसमें तजर्बा होना चाहिए अगर आप अपने क्लाइंट को यहाँ से कोई भी सीवी, वी या कवर लेटर बनाकर देंगे तो उम्मीद है कि वो आपको सौ परसेंट ज़बरदस्त रिप्लाई देगा और आपका फेवर काउंट प्रमोट हो जाएगा